बड़ी खबर यूपी के तीन जिलों के डीएम बदले दिनेश चंद्र सिंह बहराइज बनाए गए संजय कुमार खत्री बने डीएम प्रयागराज सुजीत कुमार को कौशांबी का डीएम बनाया गया है तो एक्शन मोड में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ तावड़ तबादले निष्कासित कर रहे हैं से पूर्व भी हमने देखा कि आईएएस आई अफसरों के के तबादले तबादले किए किए गए गए उसके बाद अभी फिलहाल बड़ी खबर हैं जिसमें सुजीत कुमार नाम शामिल है तो दि, आ, दिनेश चंद्र सुजीत कुमार संजय कुमार खत्री ये तमाम नाम शामिल है मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके मनीष मैं आपसे जानना चाहूंगी लगातार तबादले जो है वो करे जा रहे हैं एक्शन मोड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं अधिकारियों से भी जैसे कहा जा रहा था कि अधिकारी नहीं सुनते किए गए हैं जीएम बदले गए निश्चित तौर पर खेती जो तबादले की जो बात कर रहे हैं लगातार हम देखने को मिला है ये तीसरा दिन है जब लगातार तबादले किए जा रही है सरकार आपको पहले ही बता दें की हमने पहले भी कल भी हमने एक बार जब ट्रांसफर लिस्ट आई थी हमारे पास जब तमाम आई एस ओर होते तभी हमने इस पे बात की थी कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मूल में नजर आ रहे हैं जो की रिपोर्ट उनको दी गई थी अभी हमने देखा था जब हमने पहले भी बात की थी जब डीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है वो आए थे उन्होंने बैठक की थी तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक की थी उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को दी थी उससे निकल के आया था की पे विधायकों और मंत्रियों में अफसरों को लेकर काफी नाराजगी है साफ तौर तो पे कहा गया था कि अफसर उनकी कोई बात नहीं सुनते उसी को तो देखते हुए लगातार ये तबादला जो स्पेशल वो चल रहा है हमने देखा था पिछले कल भी कुछ तबादले थे आज से कुछ सवाल है और हम फिर बता रहे हैं अपने प्राइम टीवी के दर्शकों को बताना चाहते हैं की ये तवादले रुकने नहीं अभी कई और बड़े जिलों के कप्तान और ए रैंक के आई के आ, जो सवाल तो हमारे सा, प्रमुखता से चला रहे हैं और प्राइम टीवी लगातार ये बात को भी उठाता रहा है की जिस तरह से अधिकारियों और जो अ, अ, सरकार के बीच तालमेल की कमी बैठ रही थी अधिकारी सुन नहीं रहे थे योगी सरकार की इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी उसके बाद एक के बाद एक तावर तोड़ एक्शन में है सीएम योगी और जिस तरह से बी एल संतोष का दौरा हुआ उसके बाद जो उस पर जो निष्कर्ष निकल कर आया उसके बाद ये तबादले किए जाते हालांकि ये तबादलों का दौर अभी रुकेगा नहीं इसके बाद और भी आ, बड़े रैंक के अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं लखनऊ तो बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी की पांच और छह जून को होगी बड़ी बैठक जेपी नड्डा और बीएल संतोष लेंगे बैठक सभा महासचिव और राज्यों के प्रभारी होंगे शामिल कोरोना काल में पार्टी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की होगी समीक्षा तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर इस वक्त मैं साथ मैं मनी जुड़ चुके हैं और, और बी एल संतोष होगा किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल पा रही है बिल्कुल कीर्ति आपसे बताना चाहेंगे पांच और छह जून को बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में जिसमें जेपी नड्डा और संगठन के महासचिव बी एल संतोष बैठक को संबोधित करेंगे इसमें खास कार्यक्रम ये रहेगा की प्रदेशों में और जिलों में पार्टी द्वारा किए गए कामों को उसके कैसे कैसे, कैसे उसमें सुचारू रूप से लाया गया इस पर विशेष जोर दिया जाएगा लेकिन तो 2022 चुनाव को लेकर पार्टी किसी तरह से भी कोई भी गाँव खेलने से बचना नहीं चाहती है जिस तरह से लगातार तीन दिन के दौरे पर थे मंथन का दौर चला कई चीजें निकल कर आई हालांकि कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है डिप्टी सीएम बदले जाए हो सकता है कि अध्यक्ष पद पर किसी और को नियुक्त किया गया लेकिन उन सभी चीजों पर विराम लगते हुए अब एक्शन मोड में नजर आ रही है योगी सरकार जिस तरह से दो के चुनाव में कुछ महीने ही रह गए उसके बाद कही कहीं ना कहीं ये बैठक भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है बिल्कुल बिल्कुल देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ जेपी नड्डा संगठन मंत्री है जो कि पिछली बार भी चुनाव के दौरान में काफी एक्टिव रहे और हाल फिलहाल में ही डीएल संतोष जी लखनऊ आकर सभी से मिले और उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं है जिसको लेकर उन्होंने साफ मोह जताई उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है आने वाले समय में जो भी चुनाव के लिए रणनीति होगी उसके लिए मुख्यमंत्री पर पूरा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मुहर लगा चुके हैं तो अभी सीएम योगी सरकार में जो रिक्त स्थान है उसको लेकर भी मंथन होगा जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच जिस तरह से अभी कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं कुछ छह मंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना के वजह से उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा इस बैठक में जी के बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए तो जिस तरह से लगातार आ, सीएम योगी बी संतोष माफ कीजिएगा तीन दिन के मंथन पर आए हुए थे उत्तर प्रदेश और उन्होंने वहाँ पर लखनऊ में आकर तमाम चीज़ों का ब्यौरा लिया कि किस तरह की क्या कमियाँ जा रही हैं जो आ, हम लोग के सरकार में ही जिस तरह से आ, बीच आ, विधायकों के बीच जिस तरह से रार निकल कर सामने थी। उसको लेकर संतोष ने बात की उसके बाद अब जेपी राष्ट्रीय और बीएल संतोष पांच और छह जून को बैठक लेंगे जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और खासकर कर 2022 के चुनावी समीकरण साधने की कोशिश करेंगे उसको लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं रिटायर्ड जज बालकृष्णाबाने यूपी योगी आ, योगी सरकार ने बालकृष्ण को दी बड़ी जिम्मेदारी जुलाई 2020 में हुए थे रिटायर तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आयुषी हत्याकांड मामले का दिया था फैसला बालकृष्ण ने तलवार दंपति की रिहाई के दिए थे आदेश रिटायर्ड जज बालकृष्ण यूपी हाई कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं जुलाई दो में हुए थे रिटायर तो बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं योगी सरकार ने बालकृष्ण को बड़ा रिटायर हुए थे 2020 में बड़ा पद दिया है उन्हें आयुषी हत्याकांड मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मार्तन जुट चुके हैं मार्तन यूपी ह्यूमन राइट का पद दिया गया है देखिये जा रिटायर्ड जज है बालकृष्ण नारायण जिनकी चेयरमैन में, में रिटायर हुए थे सी बी आई ने आरोसी तलवार जो थे इनके माता पिता इनको माता पिता जो राकेश तलवार और इनकी माता दोनों को आरोपी बनाया था तो इसको लेके काफी हंगामा मचा था काफी दिनों तक ये सुर्खियों में रहा था ये मामला जिसके बाद जस्टिस बालकृष्ण ने ही इन दोनों तलवार दंपत्ति जो थे इनकी रिहाई का आदेश दिया था उसके बाद उनको यूपी ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया यूपी ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जिस तरीके से आजकल और हम जिस लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हैं उसमें ह्यूमन राइट की बातें लगातार उठती रहती है तो ऐसे में ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसके पास वो अधिकार होता है कि कहीं भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या कुछ इस तरीके की चीजें हो रही है जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन नजर आता है तो उनके खिलाफ कदम उठाया सरकार को नोटिस जारी करें या संबंधित विभाग अगर कहीं कुछ हो रहा है तो से नोटिस जारी करें जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए का पद दिया गया है। बड़ा पद होता है के लिए। जो हमारे व्यक्तिगत जो राइट है उसके लिए ये पद बाल को सौंपा गया है और उसी तलवार दंपति को रिहाई दी गई थी बता दे आपको रिटायर्ड जज बालकृष्ण बने हैं यूपी ह्यूमन राइट का पद इन्हें नियुक्त किया गया है जुलाई 2020 में रिटायर्ड हुए थे जज पद से सीएम योगी आदित्यनाथ का उनतालीसवा जन्मदिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई ट्वीट कर सीएम की तारीफों के बांधे पुल सीएम को अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया तो राजनाथ सिंह का ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आया है उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री उन्होंने बताया सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने ट्वीट के जरिए साथ ही साथ जन्मदिन की बधाइयां दी हैं उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री की मौत देर रात हार्ट अटैक से हुई कन्हैया लाल मौर्या की मौत व्यापार मंडल में शोक की लहर लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री की मौत हो गई है इसके चलते व्यापारियों में शोक की लहर है